हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रम के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं जो सर्जरी में यूज़ होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने एक किडनी ट्रे रखी उसके बाद एक ये ही रिट्रेक्टर रखेंगे और उसके बाद हम और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे देखा कि हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम उनकी डिटेल क्या काम होता है वो बताऊंगा। दोस्तों अब ये ड्रम तैयार हो गया अब इसकी जाली खोलकर हम रख देते हैं और इसको ऑटो की लैब में लगाया कैसे जाता है ये भी मैं नेक्स्ट भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो कैसे लगा हमारा आज का वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएँ वीडियोज लगाओ तो लाइक करना ना